जैसा कि अभी आपने बताया कि व्यवस्था आपने यहाँ की सारी देखी आपको व्यवस्थाएँ अच्छी लगी आप तो सिंगर है कई प्रोग्रामों में जाते होंगे व्यवस्था तो वहाँ भी होती होगी यहाँ की क्यों अच्छी लगी आपको वहाँ पर ऐसी नहीं होती है ऐसी व्यवस्था नहीं होती है यहाँ की व्यवस्था अलग है देखिए प्रोग्राम में होती है ऐसे हम अपने घर में भी कार्यक्रम रखते हैं पर उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं ऐसा कार्यक्रम मतलब नहीं होता है साफ सफाई के साथ में है और यहाँ पर आप देखिए कबीर साहब जी का है और गरीब साहब का पाठ भी चल रहा है ये पाठ भी सुनने को मिलता है दूर दूर से भक्त आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो ये सामाजिक का जो कार्य है ब्लड डोनेटेड लोग और भी कई जगह पे जाते होंगे यहाँ पर भी आप आए हैं तो आपको कैसा क्या महसूस क्या कुछ हाँ जी बहुत बढ़िया बात है हम दो हज़ार नौ से कैंप ला रहे हैं संडे को भी हमारा कैंप था तो कल को किसी गांव में है पर इतनी बढ़िया व्यवस्था मैं ईमानदारी से कहूँ तो ए, नहीं देखी है इतना जोश खूनदान करने के लिए जो लोगों में है ना इतनी व्यवस्था स्मूथली चल रहा है हर एक मतलब कोई लैंड में ला कर वेट कर रहे हैं कोई हफड़ाच नहीं हैगा कोई कोई भी किसी भी तरह की उन्नता ही नहीं है कोई कमी नहीं है जहाँ पर जो व्यवस्था है इतनी बढ़िया की गई है और जोश है ब्लड देने के लिए वक्तों में जो बहुत बढ़िया क्या कुछ आइडिया लग सकता है कि अभी कितने यूनिट ब्लड इकट्ठे हो चुका है जैसे सत्तर के पास हो गया है जो जितनी लैंब